तो मेरे डेटा में एक फॉर्मूला लगा है फिलहाल तो यहाँ सब का फार्मूला ले मान लीजिए बहुत ही क्रिटिकल फॉर्मूला लगा है और आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन फॉर्मूले को देख ना सके लेकिन इसमें पर्सन जरूर ले जाए कॉपी कर सके सब कुछ करे बट फॉर्मूला नहीं सो फॉर्मूला आप डिसबल करना चाहते कोई फॉर्मूला देख ही ना सके बाकी सारा काम कर सके टाइप बुक चेंजिंग सब कर सके तो सबसे पहले तो टाइप करना है इसलिए पूरी सीट को सिलेक्ट करके आप फॉर्मेट सेल पे जाएं और लॉक को अनचेक कर दे ताकि टाइप कर सके और मुझे इसका फॉर्मूला नहीं शो करना है तो फॉर्मूले को सिलेक्ट करके मैंने वापस लॉक के नीचे हिडन होता है उस हिडन को एक्टिवेट कर दिया उसके बाद आप यहां पे प्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड डाल दीजिए तो देखिए मैं यहां पर चेंज करूंगा मेरा फॉर्मूला करेगा बट मैं यहां फॉर्मूला को नहीं देख सकता मैं इसको कॉपी करके किसी और सीट में पेश करूंगा तो पेस्ट होगा बट वैल्यू हमारा फॉर्मूला पेस्ट नहीं होगा ठीक है